वेलकम टू माई चैनल ट्रिक वाला आज हम देखेंगे क्लास टेंथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गेहूं के उत्पादक में कौन राज्य सबसे आगे है गेहूं के उत्पादक में कौन राज्य सबसे आगे है दोस्तों कौन राज्य आगे है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक में सबसे आगे है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ चावल चावल के उत्पादक में कौन राज्य प्रथम है चावल के उत्पादक में सबसे आगे कौन राज है दोस्तों चावल के उत्पादक में सबसे आगे कौन है तो पश्चिम बंगाल कौन है दोस्तों पश्चिम बंगाल बंगाल सबसे आगे है देखते हैं कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों असम असम जो राज्य है चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक है असम इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों तो दिसपुर असम की राजधानी दिसपुर दिसपुर महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है जो महाराष्ट्र जो राज्य है किस फसल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों महाराष्ट्र है जो है कपास के खेती के लिए प्रसिद्ध है कपास के लिए प्रसिद्ध है कौन महाराष्ट्र मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है मूंगफली मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन है तो है गुजरात कौन है गुजरात गुजरात मूंगफली उत्पादन करने में सबसे आगे है गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर कहाँ है गुजरात की गांधीनगर रबर की खेती में भारत के किस राज्य में की जाती है जो रबड़ की खेती है भारत के किस राज्य में की जाती है दोस्तों वो वो की जाती है केरल में कहाँ की जाती है केरल में और केरल की राजधानी कहाँ है दोस्तों तिरुवनंतमपुरम धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है धान की जो खेती करने में सबसे अच्छी भूमि किस राज्य में है दोस्तों तो केरल में ही है धान की जो अच्छी खेती करने की भूमि ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में, में की जाती है दोस्तों ज्वार की खेती ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में की जाती है महाराष्ट्र में ज्वार की खेती की जाती है तेलहन उत्पादक में भारत का विश्व में कैमा स्थान है तेलहन उत्पादक में भा, भारत विश्व में कैमा स्थान है दोस्तों पहला स्थान है पहला तेलहन उत्पादन करने में भारत है विश्व में पहला स्थान है दोस्तों भारत का नारियल प्रदेश किस शहर को कहा जाता है भारत का नारियल प्रदेश किस शहर को कहा जाता है दोस्तों केरल में केरल में सबसे ज़्यादा नारियल पाए जाते हैं पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है पंजाब पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख प्रमुख उत्पादक है दोस्तों तो पंजाब की क्या होती है पंजाब में ज़्यादा होती है क्या होती है दोस्तों गेहूँ होती है पंजाब में सबसे ज़्यादा चाय किस प्रकार की कृषि फसल है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है दोस्तों रोपानी रोपानी रोपानी फसल है